ओ हो मैंने अपने दिल को मेरे दिल है मुझको रोका प्यार है हाइक मस्त हवा का आता जाता झोंका